दोस्तों एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठ विश्राम कर रहे थे उनसे प्रश्न पूछ रहे थे और गौतम बुद्ध उनके प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे बुद्ध के उन भिक्षुओं में कुछ भिक्षु ऐसे भी थे जो कुछ समय पहले ही संघ से जुड़े हुए थे जिसके कारण अभी उनके भीतर वह समझ पैदा नहीं हुई थी जो गौतम बुद्ध के प्रवचनों को समझ सके गर्मियों का समय था सूरज अपने चरम पर था और चारों तरफ धूप ही धूप थी लेकिन उस वृक्ष के कारण बुद्ध और उनके सभी भिक्षु आराम से छाप में बैठे हुए थे इतने में ही गौतम बुद्ध के एक भिक्षु की नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ती है जो उस वृक्ष के पास से ही गुजर रहा था वह भिक्षु उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर अचानक से ही हंसने लगता है। उस बूढ़े व्यक्ति की उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी, थी। जिसके कारण उसकी कमर मुड़ गई थी। उस बूढ़े व्यक्ति के हाथ में एक डंडा था जिसका सहारा लेकर वो बूढ़ा व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंचने का प्रयास कर रहा था उस बूढ़े व्यक्ति का शरीर केवल हड्डियों का ढांचा मात्र था अपने भिक्षु को हंसते हुए देख बुद्ध उससे कहते हैं कि मेरे प्रिय भिक्षुओं कृपा कर हसो मत क्योंकि जिस व्यक्ति को देखकर तुम अभी हंस रहे हो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है बल्कि वह व्यक्ति इसी क्षण तुम्हारे जीवन को रूपांतरित करने की क्षमता रखता है जो आज तक मैं तुम्हें सिखा नहीं पाया वह यह बूढ़ा व्यक्ति तुम्हे सिखा रहा है इसके द्वारा दी गई सीख को बेकार न करो बुद्ध की ये बात सुनकर वह भिक्षु बुद्ध से कहता है कि मुझे क्षमा करे बुद्ध पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जो एक बूढ़ा व्यक्ति जो खुद अपने शरीर और अपनी बीमारियों से लाचार है वो मुझे क्या सिखा सकता है फिर बुद्ध उस भिक्षु से कहते हैं कि ये बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखा रहा है जिस बुढ़ापे को और लाचारी को देख कर, तुम अभी हस रहे हो वो बुढ़ापा और लाचारी तुम्हारे जीवन में भी आने वाली है वह बूढ़ा व्यक्ति तुमसे कह रहा है कि अभी समय है इस स्वस्थ शरीर का अच्छे कर्म करने के लिए उपयोग करो अगर तुम्हारा ये स्वस्थ शरीर तुम्हारे हाथ से निकल गया तो फिर से वापस नहीं आएगा और अभी तुम्हारा ये शरीर सही से काम कर रहा है जैसे की तुम्हारे हाथ पैर आँख कान और ये सभी चीजें सही ऐसी काम कर रही है क्या यह छोटी बात है और क्या तुम इसे मामूली सी बात समझ रहे हो यह घटना कोई साधारण घटना नहीं थी जो अभी तुम्हारे साथ घटी और ये घटना तुम्हारे जीवन को बदलने की क्षमता रखती है ठीक इसी तरह की घटना ने मेरा जीवन बदला था और इस तरह की घटना के कारण ही मैं आज बुद्ध हूँ हो सकता है कि आप बड़ी बड़ी समस्याओं में हो या हो सकता है कि आप परेशानियों में हो लेकिन फिर भी एक बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक है तब तक आप किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या से बाहर आ सकते हैं